रात का एक बजे का समय था तभी मेरे दरवाजे पर खटखट -खट की आवाज आई मैंने उठकर देखा तो तीन व्यक्ति मेरे दरवाजे की चौखट पर थे उनमें से एक व्यक्ति को मैं जानता था मैंने उन्हें बुलाया और बिठाया उन्होंने मुझे एक जन्म दी और कहा कि इसे कृपया विचार कीजिए मैंने जैसे ही जन्मपत्री देखी उसका पूरा अध्ययन किया और उनसे कहा क्या ये व्यक्ति जिंदा है उनमें से एक व्यक्ति ने कहा हाँ अभी तक तो जिंदा है मैंने कहा तीन दिन बाद इस व्यक्ति की मौत हो जाएगी और वो भी बहुत तड़प तड़प कर मरेगा उन्होंने मुझसे कहा इसका कोई उपाय कि उस व्यक्ति की जान बचाई जा सके मैंने सीधा और स्पष्ट कहा कुछ नहीं हो सकता ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कभी भी गलत भविष्यवाणी नहीं करता पर मैंने उनसे कहा हाँ, अगर इस व्यक्ति की मौत को आसान बनाना है ताकि वो तड़प तड़प कर ना मरे तो कुछ उपाय बताए जा सकते हैं मैंने उनसे कहा कुछ दान पुन कीजिए कुछ गाय को चारा डालिए गुड़ डालिए जिससे कि उस व्यक्ति की मौत आसान हो जाए और वो ज़्यादा तड़प तड़प कर ना मरे उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति उस मरने वाले व्यक्ति का मामा था उसने मुझसे बड़े ही तीखे लफ्जों में कहा क्या तुम भगवान हो जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा हम नहीं मानते इन चीज़ों में मैंने उनसे कहा तब आप यहाँ से जा सकते हैं उनमें से एक व्यक्ति मेरा शिष्य था उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि मैंने इस व्यक्ति को हजार बार आजमा चुका हूँ और इसकी कही बातें कभी गलत नहीं होती पर वह व्यक्ति जो गुस्से में था वह बुरा भला कहकर वहां से चला गया पहला दिन बीता। वह व्यक्ति जो मरने वाला था उससे असहनीय पीड़ा हो रही थी मैंने अपने शिष्य को फोन किया कि उस व्यक्ति की उस बच्चे की हालत क्या है तो उसने कहा वह बच्चा बहुत तड़प रहा है पर उसके मामा ने दान पुण्य की बात को खसी से नकार दिया उसने कहा यह सब पाखंड है उस व्यक्ति को मैं मामा नहीं कंस मामा ही कहूँगा क्योंकि उसने उस बच्चे की जान की परवाह न करते हुए उसे तड़पता छोड़ दिया उस दान पुण्य से कितना खर्चा आता चार 400, पाँच सौ हज़ार रुपये किसी व्यक्ति की जान से बढ़कर तो वो हजार रुपए नहीं थे दूसरा दिन बीता, वो और ज़्यादा तकलीफ़ में था मैंने फिर फोन किया अगर वो नहीं कर रहा है तो हम कराते हैं तो उस व्यक्ति ने कहा वह व्यक्ति जो उसका मामा था वह किसी को दान पुण्य करने भी नहीं दे रहा और इसी तरह तीसरा दिन भी बीत गया और वह बच्चा तड़प तड़प के मर गया पर उस व्यक्ति का टस से मस नहीं हुआ उसने कोई दान पुण्य नहीं दिया उसके बाद वह सामान दान पुण्य करने के लिए मेरे पास लेकर आए मैंने उनसे कहा अब इस दान पुण्य का कोई फायदा नहीं दोस्तों ये कहानी मैंने आपको सिर्फ इस प्रसंग से जोड़ने के लिए बताई है कि हम अक्सर मरे हुए लोगों का श्राद्ध करते हैं उनका दान पुण्य करते हैं उनके लिए चीज़ें देते हैं पर मैं आज आप सबसे बताना चाहूँगा कि मरे हुए व्यक्ति का दान पुण्य कभी भी नहीं लगता जो व्यक्ति जिंदा है उसके लिए कुछ किया जा सकता है हाँ ज्योतिष में उसके लिए दान पुण्य के जरिए उसके कुछ उपाय बताए गए हैं पर हम जीते जीते उनके लिए कुछ नहीं करते पर मरने के बाद विशाल मृत्यु भोज पंद्रह पंद्रह बीस बीस पंडितों को दान पुण्य हरिद्वार में जाकर दान पुण्य करते हैं और श्राद्धों में उनके निमित्त बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं पंडितों को पर मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह दान पुण्य सिर्फ और सिर्फ आपको लगेगा आपके उस मृत व्यक्ति का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है साइंटिफिक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो अगर व्यक्ति जिंदा है उसको दवाई दो वो दवाई खा लेगा उस दवाई की उस शरीर के अंदर कुछ क्रिया होगी उस क्रिया के जरिए आपका शरीर कुछ प्रतिक्रिया करेगा और उम्मीद है कि आप उससे ठीक हो जाओ मृत व्यक्ति जो मर चुका है उसको अगर आप दवाई दिलाओ तो वो दवाई नहीं लेगा क्योंकि उसके अंदर चेतना ही नहीं है आप जिंदा व्यक्ति को थोड़ी सी आग लगा दो तो उसके फफोले हो जाएंगे। थोड़े सी उपचार करो तो वो ठीक हो जाएगा मरे हुए व्यक्ति को आप आग में जला देते हो वह उफ तक नहीं करता क्यों क्योंकि उसके अंदर चेतना तो है ही नहीं जब तक व्यक्ति चेतन है तब तक उसके ऊपर सभी क्रियाएं काम करेगी चाहे वो ज्योतिष हो चाहे वो दान पुण्य हो चाहे वो तंत्र मंत्र किसी भी प्रकार की क्रिया हो वह उसके ऊपर काम करेगी मृत व्यक्ति के ऊपर ऐसा कभी भी नहीं होता तो उम्मीद है आपको हमारा पॉडकास्ट स्पिरिचुअल साइंस पसंद आ रहा होगा ऐसे ही साइंटिफिक तरीके से मैं आपके भ्रम खोलने की कोशिश करूंगा, भ्रम तोड़ने की कोशिश करूंगा, जो हमारे कथित धर्म गुरुओं ने फैला रखे हैं मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम उस परम शक्ति तक पहुंचे और उसके रास्ते में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जाए धन्यवाद